ए रे रे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे कंदव हथ जी रे सो रे सो रे अकेले अकेले ओए पे वणी ओए पे वणी महा वणी मैं वणी मेरी जगा मैं वणी मेरी जगा सो रे सो रे और सेवा सकानी सेवा करती सेवा कर दी कदे भी न थका कदे भी ना मक्का किशोरे सोने लेख लेख दी कोई बारी मिल बारे बारी जवा बारे बारी जवा किशोरे सोने चल के दे सतसंग तो सत संग जा ने सत्संग जा सत्संग जा संग जाती कदे भी ना धंगा कदे भी नंगा कि सोरे सोरेख लिखते हुई बारे वरी गुवा बारे वरी गुआ इस सोरे सोरे लेख लिख दे, दे, दे, दे। ने लिख दे नाम गुरादार नाम गुराद मेरे नाम गुरादाम नाम जपदी नाम जपदी कदे भी न थका कदे भी न थका सोने सुने सोनी सोनी अंतारी नज मेगा गुरु की मेहबाधारी गुरु नाम जो नम सिमरी नाम जो नम सिमरी कुछ कर देख एक What up? Uh...